कि तुझे मैं कमजोर लगता हूँ तो तू करके देख मेरा मेरे, मेरे दोस्त तुझे मार, मार कुत्ता बना देंगे और तू देश के किसी भी कोने में में पड़ा होगा मेरे, मेरे दोस्तों के दिल में लग याद तो तुझे जिंदा जला देंगे दिल जैसा तो लोगों को मौका मिल गया मुझे बदनाम करने का वो मेरा बुरा वक्त और हालातों को देख पूरी मेहनत तो और शिद्दत से मुझे बदनाम कर रहे हैं लेकिन पछताने का मौका तुम्हें भी दिया जाएगा लेकिन पछताने का मौका तुम्हें भी दिया जाएगा और सुनो, मेरा अच्छा वक्त तो आने दो चुन-चुन कर बदला लिया जाएगा कि मेरी झूठी बुराइयां खूब कर और पूरी लगन से कर और मुझे रोकने की कोशिश तो दिन और रात कर कर कि मेरी बुराइयां खूब कर और पूरी लगन से कर और मुझे रोकने की कोशिश तो दिन और और और रात कर कर बेटा फिर भी मेरी बराबरी ना कर पाए तो चुल्लू पानी ले और उसमें डूब मर कि तेरी हर एक बात का बदला लूंगा क्योंकि तेरी हर एक बात ने मुझे बहुत तड़पाया है तैयारी कर दुल्हन बनने की ही मेरी, मेरी जान, जान तेरे घर से मेरा, मेरा रिश्ता कि जिन लोगों के दम पर तुम उछल रहे हो मान जाओ घुटने पर चलवा देंगे और नहीं माने तो मेरे यार तुम्हें मार मार के कुत्ता बना देंगे बस अपने बाप का हाथ सच पर होना चाहिए सारी मुसीबत परेशानियों से निपट लूंगा मैं और मेरे बाप के बारे में गलती से भी गलत मत वरना जिंदा बोली होगी दुनिया भी बहुत मादर चौधे जनाब कि जे दुनिया भी बहुत मादर चौधे जनाब इजती करोगे तो इज्जत करेगी ही और इज्जत करोगे तो बेचती करेगी गैर यार मेरा कि अपने जीवन में बहुत मेहनत करूंगा और संघर्ष को जीत का पहरा दूंगा कि अपने जीवन में बहुत मेहनत करूंगा और संघर्ष को जीत का पहरा दूंगा और गाड़ूगा जीत का झंडा एक दिन सियोर की पावन धरती पर और आसमान में लेरा दूंगा